सर so, नमस्ते दोस्त आप सभी का एक बार फिर से ओचा जीनामा गेमिंग चैनल पर स्वागत है और अभिनंदन बंदन तो आज अपन जा रहे हैं प्लेन में बैठ के कहाँ पे जा रहे हैं अभी हमारे मैप में लग गया माँ क्या मजाने वाले हैं जोरपूल अह मजा आने वाला है फिर तो कतई जहर मजा आने वाला है तो हाँ तो आज की इस वीडियो में कुछ गजब चीज होने वाली है वो आप देखते जाओ बिहाइंड दीन दिखाने वाला हूँ कुछ चीज़ों क्या आप देख जरूर अगर आपको वीडियो अंत में अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और आगे अभी आप चैनल पर नए हो तो अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो चलो गाइस ये आ गया अपना डिस्टेंस कम हो गया आठ सौ सात तो लगाई जा जंप तो ये लगाइए हमने जंप तो अभी अपन मिलते हैं नीचे चलो डार्क मिलेंगे okay, तो अब हम पहुंच गए थ्री बी आर हाउस पे तो चलो जरा की जाए लूट तो यह मिला हमें लेवल दो का हेलमेट ओहो हो साथ वेस्ट मिली शॉर्ट मिली मजा आएगा फाइव के एम ओ बैग में पैसा पैसा मिल गया मिल जा रहा है पर अच्छी मिल नहीं एक भी ए है नहीं पता नहीं क्राइम स्कोप लगा चलो हाँ वैसे कह सकते हो तुम के ओम जैसे तुम चला लो शॉर्टकन को कोई दिक्कत नहीं कि फोर एक लगाओ चला पर ये शिक्षा साथ हमें नज़र आई एम फोर एम फोर में मिली एम ओ एम ओ के साथ मिला हमें मेड किट चलो मेड किट मिल गई शिक्षा सामने शायद कोई यह लग तो रहा था कोई दिख जाए एक का सुबारा मिल जाए शायद कोई यह ता पता नहीं गायब हो गया क्या जादूगर आया क्या चलो कोई नहीं अभी तो कोई नहीं है अभी अपन माँ लगा देते हैं अलर्ट डाल देते हैं कि यहाँ पे कोई है तो गाइस अगर आपको कोई दिखाए तो बता देना कमेंट में आप कोई था है मेरी आँखें खराब हो गई थी इसी के साथ अब हम चलते हैं मैं दोनों नंबर के पास क्या करो भाई कहाँ तुम तो निकल लिए अच्छा बनिया कहा क्या मम्मी ने बुलाया क्या सामान ला दे हाँ तो शायद ये सामान वगैरह लेने गए होगा तो चलो अपन चलते हैं तीन में पास क्योंकि अच्छे भाई ने अभी पूरी गदर मचाई रखी ऊपर दे टप दे टप करने लगे और अब हमें मिल गया हेलमेट है डबल थ्री का हेलमेट है अब तो हमको पट भी हम तैयार ओके तो यहाँ देख सकते हो आप हमारे पत्नी ये एक विश्व नामक व्यक्ति ने हमारे दो नंबर को जो किया सामान लेने उसे ठोक दिया है पता नहीं यार वो बोलेगा या मम्मी या तुम्हारे चक्कर में यारम्मी ने बोला तीन बार गेम ही खेलते रहते कुछ काम ना है तो बस ऐसा करते मोबाइल फेंक गया तो यह मैं जा रहा था इसी के साथ साथ हमें पढ़ी एम टू फोर पता नहीं ये एक बिस्पा भाई ने अभी हमारे दो नंबर को भी लपेटा था और मम्मी को भी लिया पता नहीं क्या खा के आया ये बिस््वा पता नहीं कौन सा बिस्ब बिस्व क्या जहर महर अमर उम्र क्या साल कौन सा बिस्पी क्या आया चलो आ जाओ तो ये कर रहा है अपने को चार नंबर रिवाइव जब तक देखते हैं पर क्या होने वाला है नंबर रिवाइव कर रहा है और हमारा तीन नंबर वहाँ कांड कर और चार नंबर ही तो कर रहा था कांड चलो सही है इसी साथ में लगा लेता हूँ हेल्थ किट ये लगाई मेथ किट जो कि मुझे मिली थी हमारे एमपुर के साथ के फट में तो अब देखते हैं ऊपर कहाँ है कहाँ से दे रहा है कहीं नहीं देख रहा है साला अब अबे ये तो नीचे है गाइस ये लेटा हुआ है नीचे पता नहीं पहले ऊपर था अब ऊपर से नीचे कब आ गया और गजब सीधा एम टू पूर्णा इतनी जोर से कौन चलाता है भाई इतना फास्ट रिफ्लैक्टर क्या खा क्या भैया हो भैया भैया भैया भैया चलो तो कोई नहीं अब हम ही कर लेते हैं एक्सपेक्ट पर अभी हमारा एक तीन नंबर जिंदा है तो अभी हम देखते हैं इससे ये कितना क्या उखाड़ लेगा देख अभी ये मारने को कर रही है वही एक विष्पा जिसने हम सबकी कुंडली खराब की हुई है तो आ जाओ देखते हैं ये पिस्पा का क्या क्या चमत्कार होने वाला है ये चमत्कार कुछ ना कुछ गड़बड़ है दोस्तों मुझे लग रहा था तो तो अगर आपका इतना तेज हो तो आप बदल सकते हो हैं तो भाई तू यार तुम यार्ट करना तो इतने में हमारी बोली हो गई सच तो आप कह सकते हो हमारी जुबान थी उस टाइम कड़ भी ठीक है सरस्वती बैठ गई थी हमारी जुबान पे तो वो भी हो गया पहले से दूसरी टीम पर हमारा एक्सपेक्टेड हो गया तो हमें बहुत बुरा लगा पर हम सोच रहे थे क्यों ना चलो देखते हैं इसका भी कुछ कांड होने वाला है क्योंकि उस इसका वो खा गया देखो कहीं चमत्कार सामने दिख ही गया अभी देखो चमत्कार होने वाला है विश्व भाई आ, ने ये आ गया विश्व भाई की, की पिस्टल से आया है अभी दूसरा बंदा उसका एक नोक हुआ था दूसरा जिंदता दूसरा ही फनेस है पिस्टल से इतनी दूर से क्या भाई तो क्या खाके आया कुछ तो गड़बा रहता है चलो इसके कुंडी चेक किया कुंडी तो चेक करने पर चलो ये चौबीस में खेला है और उसने ग्यारह खेलिया मतलब ये तो खतरनाक खिलाड़ी है ओके ये पिस्टल से इसने कोई मेजरी से मेजर कर दी और इसके साथ इसे से जेक के स्पेरे को भगा दिया निकल के अपने वो जांच महाज पे घूम यहाँ कहाँ घूम रहा है इसकी और टीम मैच को देखा जाए तो इसके टीम में हम सोच रहे थे सारे रैंक पुस्ट कर पा रहा है नहीं ये रैंक पुस्ट वगैरह कुछ नहीं कर पा रहा है ये तो ये नंगे पुंगे लोगों के साथ घूम रहा है ये गलती से इनकी टीम में फस गया और इनकी पूरी स्क्वाड की झंड हो रही है क्योंकि इनकी स्क्वाड को ना मिला है एक भी किल तो उनकी हो रही है उनकी में हो रही है किलबिली चिन्ह काट रहा है जोर से तो साला ये पूरा किल मार जा रहा है कि अब तक आठ किल हो गए और हमें साला एक किल नहीं मिला तो देखते हैं मैंने किया होल पे माइक के साला कोई सुन ले के कर दूँ पर कोई नहीं सुन रहा था ठीक है तो यहाँ इसके बंदे लूट मूट मचा रहे हैं देखते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ कांड करने की तैयारी में एक नंबर ने मोली फेंकी क्यों क्योंकि क्यों, इनमें कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो होगा गाली गलों से छक्कर में उसने फेंक दी मोली के साले कुछ ना कुछ तो कांड किया होगा एक नंबर ने तो इसी के साथ हमारे दो तो नंबर को आती गुस्सा उसने किया नेड ओ हो तो ये भी अब देखो मोलियों का आग का तो यहाँ खेल होगा आग आ उसमें नाची देखो अरे तीन नंबर पर बढ़िया मौका था वो फेंक देता पर अब देखो इसके दिमाग की बत्ती कितनी जल्दी जलती जीत जली साहब क्या नशा करके आया था क्या पहले तो जो मौल नहीं फेंक पाया बाद में मोल फेंक रहा है नहीं देखते जाते हैं अब ये क्या करने वाले हैं अभी मैं देखूंगा विश्वा ये अमर लोग है ये मिल गई ये से आहा हा बैरल के साथ कौन सा कुंभ था रुको रुको रुको अभी देखता हूँ बैरल के साथ कौन सा कुंभ चला रहे ये हमारे मित्र मित्रगण बहुत मित्रगण है ये पता नहीं कौन सा है चमत्कार लगा क्या ये रॉबर्ट धन में नहीं मरे यार कोई बताओ यार ये कब तक वैसे तो कहते अपना न्यू स्टेट आ चुका है क्या आने वाला है अपन वही खेलेंगे तब तक देख लें ये क्या करने वाला तो तो है कहा मिल गया विश्वा भाई इनके पास तो चमत् पे यार हम सोच रहे थे तो वो, वाली, वो वो फेल दिया वो कांत दिया पर ये कौन सा रिफ्लेक्स था गाइज कि ऐसा घूम के बस फ्री फायर दे दो कोई एमएम -एम की टेंशन ही नहीं पेटी एस खोलने की जरूरत ही नहीं बस दे दो छोटा सा तो उन लोगों को पता चल गया ये कुछ चमत्कार है इसके में कोई कीड़ा है तो उन्होंने इसकी फोलने की सोची तो वो गाड़ी मारी लेके इसके पीछे पड़ गया पर ये बंदा वहाँ जोर से भागा सीधा कहाँ क्या ये आया सीधा का सीधा मिलट्री बेस के ये यहाँ पर पता ही यहाँ ऐसे कौन दिखा साथ किसी की कुंडली खराब करने आया होगा ठीक है किसी की कुंडली पर सनी चढ़ने आया है इसका तो ये बेसो भाई अब देखो अपना सनी रूप दिखाने वाले हैं कुछ ना कुछ तो हो या तभी ये इतनी मील सार समुद्र पार करके आया कोई तो था यहाँ पे या तो कोई तो था यहाँ तो कैसा था था जिनके पीछे आ गया पर यहाँ नहीं मिथुन पिथुन थे नहीं यहाँ तो थे यीस्ट विस्ट है इनका बना दिया इसने बीट बीस चलो आ जाओ अब देखते हैं और क्या होने वाला है इसके साथ मज़ा आ रहा है वैसे तो इसे देख के बस होल पे कोई होता तो और मज़ा आ जाता क्योंकि उनकी जो प्रवचन होते हैं वो सुनने में बड़ा मज़ा आता है जब इन लोगों को पढ़ते हैं तो ये जा रहा था ऊपर गाड़ी माड़ी ढूंढना जोन तो पूछे, पर ये रिटर्न हो गया और ये ये सोचा कि चलो से निकला जाए तो ये निकलता है से पर इसकी बत्ती चली रिवर्स मारा मतलब किसी की जिंदगी खत्म है किसी की जिंदगी पे काल आ गया या देखता है ये कोई ना कोई तो होगा मुझे तो लग रहा है तो ये बस चार के चार खत्म एक स्प्रे में ही खत्म है तब तो सारा कोई कोई भी नहीं मार पाता भाई क्या कागजा आया एम टू पुरानी का स्प्रे देता तो भी मार बात मारी एम सेवन सिक्स टू का एम स्प्रे था इस कोई भी एड मतलब वैसा था ही नहीं कि एडियस बिना एडियस खोले उसने उतार दिया तो तुम बग्की स्पीड से भागो या मोटरसाइकिल से मैं तब भी उतार दूंगा ये पावर थी ये मिली ऐसे एम टू फोर नाइन तो ये बंद देख के घबरा गए कि साल ये चल क्या रहा है इसने एक, एक स्प्रे में क्या कर रहा है तो ये सारे उसका इंतजार कर रहे हैं कि ये आएगा तो ब्रिश से तो हम पे लेंगे ठीक है बंदे को बोट मिला इसका स्प्रे देखा इसका एम टू फोर नाइन का स्प्रे और उस बंदे का एम टू फोर नाइन का स्प्रे अभी दिखाऊँगा अभी तो उसने दिखाया था अभी दिखाता हूँ उस बंदे वैसे तो मुझे देखने से भी ये हर लग रहा था क्योंकि इसके भी थोड़ा चेत नहीं थे पर आप देखते हैं ये अभी लूट मूट मचा रहा है पता नहीं क्या करना चाह रहा है क्या सर्वर खाएगा क्या ये तो सर्वर खा जाता ठीक है ये चिकन निकालेगा कि नहीं ये आप बता सकते हो अभी या, अभी वीडियो को पोस्ट करो और बताओ अभी तो वीडियो बहुत दो तीन मिनट की बची हुई तो आप जल्दी से बताओ टाइम सेट करके कि नौ पे ऐसे नौ चौवन पे चिकन और नोट ठीक है ये आप बता सकते होजिली जल्दी जल्दी बता हुआ ये चिकन निकाल सकता है कि नहीं वे तो आपको लास्ट में पता चली जाएगा कि चल क्या रहा है इस बंदे का तो ये आ चुका है अपनी गाड़ी से इस तरफ क्योंकि हमेशा रहता है कि अपार्टमेंट पे होते हैं बंदे आते हैं ओ फसल है वो तो क्या तभी कौन से चमत्कार था इसने चलाया और ये खत्म ओके तो ये हमारे राम शाम भाई ने बोला कि अब तो ये हम दिलाते हैं राम चला जा निकल के। तो ये दिया जाने नेट का एक छक्का ठीक है ये दोनों ने दिया हुआ छक्का तो वो नेट इधर आया और इससे बोला क्या मैं पड़ जाऊं तो बोला भाई तो उसने बोला तू चप रहे तू का सत्यानाश करो तुझे बताता मैं तो आपका ये हुआ सच सत्य का साथ दिया है इन्होंने ये थे हमारे सच्चे बंदे यो जो नहीं चाहते कि एक करो उनके साथ कह रहे अगर आपकी टीम में भी अगर एक मिलते हैं तो आप क्या क्या उसे पनिशमेंट देना चाहोगे वो आप लिख के बता सकते हो आपके हिसाब से क्या सजा देना चाहिए थी इसके हाथ काट देना चाहिए थी मूली सजा ला देना चाहिए थी वैसे तो आप बता सकते हो ये बंदे सारी मेहनत कर रहे हैं बस ये अपोजिट टीम का नहीं है इसलिए इस पर ज़्यादा वो मेहनत नहीं कर पा रहे नहीं तो इसे बहुत मारते ये दे रहे हैं इसमें ये पूरी तरीके से तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और आप आपके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट इस बंदे को देनी चाहिए थी ठीक है इस जुम के तहत जो भी इसने गुनाह किया है ठीक है इतना बड़ा जुम्म किया है इसने गेम में तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी धारा से क्या गुना मीन्स कौन सी सजा देनी थी वो आप बदल सकते हो ये हो गया उसका राम राम सत्य वो हो राम राम सत्य बड़ा बाई का और सॉरी बिशवा बाई का तो गाइस बस आज के लिए इतना ही वैसे तो लास्ट में ये लोग चेकेंड निकाल लेते हैं मेहनत के साथ बिल्कुल सख्त के साथ तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसीलिए बस क्या उन्होंने एकर को मार दिया तो लाइक जरूर कर देना बाय बाय